जीवन की हर मुश्किल राह पर कठिनाइयों का बल निकलेगा सही नज़रिया बड़ा हौसला प्रयासों से हल निकलेगा धैर्य रखो ना हारो हिम्मत आज नहीं तो कल निकलेगा सतत कार्य में लीन रहो बेकार नहीं एक पल निकलेगा लगे रहो और कुआ खोदो निश्चय मीठा जल निकलेगा बंजर भूमि के पेड़ों से मेहनत द्वारा फल निकलेगा गिरा उठा और उठकर दौड़ा वो इंसान सफल निकलेगा जय हिंद जय भारत वंदे मतम